हाँ जी नमस्कार देखिए नींबू तो सभी लोग पीते हैं लेकिन या तो स्वाद के लिए पीते हैं या प्यास बुझाने के लिए पीते हैं बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं पीते तो आज मैं आपको बताऊंगा कि नींबू पीने से कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं नींबू पीकर आप कौन कौन सी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और कौन कौन सी बीमारियों से बच सकते हैं यानी आज मैं आपको बताऊंगा की नींबू को आप तो दवा के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो नींबू पीने का सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि यह आपको हाइड्रेट करता है यानी आपके शरीर में पानी की कमी को दूर करता है देखिए हमारा शरीर पानी का ही बना हुआ है ऐसे में अगर हमारे शरीर में पानी की ही कमी हो जाएगी तो फिर कैसे चलेगा फिर बीमार होना तो तय है हमारे शरीर की हर कोशिका हर छोटे से छोटा हिस्सा और हर बड़े से बड़ा हिस्सा पानी से बना हुआ है ऐसे में अगर हमारे शरीर में पानी की कमी होगी तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ लगेंगी लेकिन जब आप नींबू पानी पीते हैं तो नींबू शरीर में पानी की कमी को दूर करता है तो यह इसका सबसे पहला फायदा दूसरा नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है तो जब आप नींबू पीते हैं तो आपको क्या फायदा होता है कि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत बन जाता है इससे इम्यून सिस्टम से होने वाली बीमारियां आपको नहीं लगती और इस समय जो महामारी फैली हुई है इस समय आपको एक मजबूत इम्यून सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत है इसके अलावा अगर आप नींबू पीते हैं तो आपको आम सर्दी जुकाम नहीं होता उसका भी यही कारण है की आपका इम्यून सिस्टम मजबूत बन जाता है इसके अलावा नींबू हार्ट को मजबूती देता है दिल की बीमारियों से आपको दूर रखता है नींबू पीने से हार्ट अटैक और दूसरी दिल की बीमारियों से बचाव होता है और नींबू पीने से स्ट्रोक से भी बचाव होता है स्ट्रोक किसे कहते हैं स्ट्रोक होता है जब आपके दिमाग में किसी नस के अंदर फैट जमा हो जाए और खून का बहाव रुक जाए तो इसे स्ट्रोक कहते हैं इससे व्यक्ति की जान जा सकती है या व्यक्ति को लकवा हो सकता है तो अगर आप नींबू पीते हैं तो आप स्ट्रोक से भी बच सकते हैं बुढ़ापे में अक्सर लोगों को स्ट्रोक हो जाता है क्योंकि उम्र बीतने के साथ साथ नसों के अंदर फैट जमती चली जाती है और एज बढ़ने पर स्ट्रोक आ जाता है लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पर नींबू पीते हैं तो आप स्ट्रोक से बच सकते हैं नींबू पीने से आपका ब्लड प्रेशर भी कम होता है तो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है वह नियमित तौर पर नींबू का इस्तेमाल करें नींबू पीने से आपका वजन भी कम होता है इस वाले फायदे के बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं नींबू पीने का एक जबरदस्त फायदा शुगर वालों के लिए है नींबू पीने से शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी आती है अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या चीज है हमारे शरीर में जो इंसुलिन बनती है शरीर इसका विरोध करता है डायबिटीज वाले लोगों में यानी डायबिटीज लोगों में जो इंसुलिन बनती है शरीर उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाता इसी की वजह से ब्लड शुगर लेवल हाई रहती है तो जब आप नींबू पीते हैं तो आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस घटती है यानी आपका शरीर इंसुलिन के प्रति संवेदनशील बन जाता है जिसके कारण इंसुलिन का सही इस्तेमाल हो पाता है और ब्लड शुगर लेवल कम होता है तो जिन लोगों को डायबिटीज है वह एक नियम बना लें एक रूल बना लें कि दिन में एक बार नींबू पानी जरूर पीना है नींबू पानी पीने से त्वचा तो अच्छा के ऊपर झूरियाँ कम पड़ती हैं तो अगर आप लंबे समय तक झूरियों से बचना चाहते हैं तो नियमित तौर पर नींबू पानी पिए नींबू पानी पीने से ड्राई स्किन की समस्या ठीक होती है तो जिन लोगों की त्वचा खुश्क रहती है वह लोग भी नींबू पानी पिए अगर आप रेगुलर नींबू पानी पीते हैं तो जब आप धूप में जाते हैं तो धूप की वजह से आपकी त्वचा को नुकसान कम होता है तो यह भी नींबू पानी पीने का एक फायदा है यानी नींबू पानी पीने से धूप की वजह से होने वाला स्किन डैमेज कम होता है नींबू पानी पीने का एक और बहुत जबरदस्त फायदा है वह यह है कि यह आपकी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है यानी आपका पेट साफ करता है यह जो समस्या है ये आजकल बहुत कॉमन है हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है उसका कारण है हमारा गलत खान पान तो अगर आप कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं, कब्ज से परेशान हैं, तो आप सुबह उठकर खाली पेट नींबू पानी पिए इससे आपका पेट साफ होगा और आपको कब्ज से राहत मिलेगी नींबू पानी पीने से ना सिर्फ कब्ज दूर होती है बल्कि ये आपके पाचन को बहुत ज्यादा सुधार देता है आपको खाया पिया पचने लगता है जिनको अपच की दिक्कत है यानी जिनको खाया पिया पचता नहीं है खट्टे डकार आते रहते हैं तेजाब बनता है वह लोग अगर नींबू पानी पीते हैं तो उनका हाजमा सही हो जाता है जिससे भोजन बहुत ही आसानी से पचने लगता है नींबू एक ऐसी चीज है कि अगर खाना खाने से पहले आपको सिर्फ इसकी महक भी आ जाए तो भी आपका पाचन तेज हो जाता है अगर आप खाना खाने लगे हैं और उससे पहले आप नींबू को सूंघ लेते हैं तो इससे भी आपका पाचन तेज हो जाता है क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है उसे नींबू की खुशबू बहुत ज्यादा पसंद है जैसे ही हमारे दिमाग को नींबू की खुशबू आती है तो इसका सीधा असर हमारे पाचन के ऊपर पड़ता है और अगर आप भोजन के साथ नींबू खा लें तो फिर तो क्या बात बुरे से बुरा भोजन भी पच जाएगा बहुत ही आसानी से आपने ये बात महसूस की होगी कि जब आप भोजन के साथ नींबू वाला प्याज खाते हैं तो आपका भोजन बहुत अच्छे तरीके से हजम हो जाता है और आपको भोजन करने के बाद कोई भी भोजन ना पचने की समस्या नहीं आती तो जिन लोगों को भोजन ना पचने की समस्या है या डायजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई और समस्या है वह लोग भोजन के साथ नींबू लगा हुआ प्याज जरूर खाएं नींबू का एक ये भी फायदा है कि अगर आप नींबू पानी पी लेते हैं तो आपका मुंह भी फ्रेश हो जाता है आपके मुंह की बदबू दूर हो जाती है तो जिनके मुंह से अक्सर स्मेल आती रहती है उन लोगों को दिन में एक या दो बार नींबू पानी पीना चाहिए इससे मुंह में जो बुरी स्मेल पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वह मर जाते हैं और आपका मुंह एकदम फ्रेश हो जाता है बुरी स्मेल एकदम खत्म हो जाती है जैसे ही नींबू आपके मुंह में जाता है तो आपके मुंह में सलाईवर ज्यादा बनने लगता है यानी आम भाषा में कहें तो मुंह में पानी आने लगता है तो यह भी एक कारण है जिससे आपका भोजन ज्यादा अच्छे तरीके से पचता है रेगुलर नींबू खाने का एक और बहुत जबरदस्त फायदा है यह आपकी किडनी में पथरी बनने से रोकता है नींबू में जो सिट्रिक एसिड होता है वह किडनी के अंदर पथरी को बनने से रोकता है तो अगर किसी को पहले से पथरी बन चुकी है वह लोग भी अगर नींबू पानी पियेंगे रेगुलरली रोजाना बेसिस के ऊपर तो हो सकता है की उनकी पथरी गल बाहर निकल जाए नींबू का एक और बहुत जबरदस्त फायदा है वो ये है की यह शरीर में खून की कमी को दूर करता है अब नींबू में जो आयरन होता है वह नाम मात्र होता है ज्यादा नहीं होता लेकिन फिर भी यह शरीर में खून की कमी को दूर करता है ऐसा इसलिए है क्योंकि नींबू आपके भोजन में जो आयरन होता है उसे ज्यादा मात्रा में हजम होने में सहायता करता है जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि नींबू खाने से भोजन ज्यादा अच्छे तरीके से पसता है जिसकी वजह से भोजन में जो आयरन होता है वह ज्यादा मात्रा में खून में मिलता है इससे आपका अनिमिया दूर होता है तो जिन लोगों को खून की कमी है चक्कर आते रहते हैं कमजोरी रहती है हाथ पीले रहते हैं आंखें पीली रहती हैं। वह लोग अगर नियमित रूप से नींबू पानी पीते हैं तो उनके शरीर में खून की कमी दूर होती है और नींबू पीने का एक और जबरदस्त फायदा है कि यह कैंसर से बचाता है आजकल आपको पता ही है कि यह गंभीर बीमारी कितनी बढ़ चुकी है तो अगर आप नींबू पानी पीते हैं तो आप इस गंभीर बीमारी से भी बच सकते हैं तो देखा आपने नींबू पानी कितनी सारी बीमारियों से बचाता है अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने चाहने वालों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके बहुत बहुत धन्यवाद